आइए बताते हैं सबसे श्रेष्ठ वेद रिंग वेद के बारे में रिंग वेद में लिखी कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे सबसे पहले आपको बता दें कि रिंग वेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि भूत और पिसाज व दानव होते हैं और वो आज भी धरती पर मौजूद है इसके अलावा रिंगवेद में साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि महाभारत में युद्धिष्ठिर को श्राद्ध विधि समझाने से लेकर भूत पिशाच पूजा करने का भी वर्णन किया गया है लेकिन आप रिंगवेद को मानते हो या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना